टीकमगढ़ में लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए कौशालय अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है पूर्व जिला सीएमएचओ शिवेंद्र चौरसिया से रिटायरमेंट के बाद बिल के एवज में पैसे की मांग की गई थी जिसकी शिकायत के बाद लोकायुक्त ने यह कार्रवाई की टीकमगढ़ में सागर लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए कौशालय अधिकारी विभूति अग्रवाल को दस की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है कौशालय अधिकारी पूर्व जिला सीएमएच शिवेंद्र चौरसिया ऐसी रिटायरमेंट के बाद लगभग 33 लाख के बिल के एवज में पैसे की मांग की थी इसकी शिकायत सीएमएचओ ने सागर लोकायुक्त से की जिस पर लोकायुक्त अधिकारी राजेश खेड़े ने कौशालय अधिकारी विभूति अग्रवाल के साथ सहायक कौशालय अधिकारी शिवराम प्रजापति पर भी कार्रवाई की और भ्रष्टाचार अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया आज हमने द्वारा उनसे जो है जिला को सारे अधिकारी सारे जिला के सारे अधिकारी विभूति अग्रवाल और एटी प्रजापति उनके बिल रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेजुटी सरेंडेली आदि बिल दिखाने की रिश्वत के काम करते है उसको तस्दीक किया और जिला को सिकारी मुजी अग्रवाल